तो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल एस टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी और तो जैसा देख सकते हैं ये हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कि ये बैच है आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है इनका सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो गया है आज तो कैसा लग रहा है हार्डवेयर कम्प्लीट होने के बाद अच्छा लग रहा है जो आपने सीखा था जो आप सोचे थे सॉफ्टवेयर में आपके कंटेंट पूरे हुए की नहीं हुए अच्छा यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल बताया गया केवल थ्योरी नॉलेज दिया गया दिया गया हम बात करते है, फ्लैशिंग कौन सा वे होता है अगर मैं किसी से सबसे पर्सनल पूछूँ तो आप बता पाएंगे की नहीं बता पाएंगे बता देंगे जैसा की आप देख सकते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा एक दूसरे से पर्सनल सवाल पूछूंगा आप थोड़ा खड़े हो जाए आप तो कितने सालों से सॉफ्टवेयर काम कर रहे थे सर मैंने सॉफ्टवेयर काम नहीं किया था पहले सॉफ्टवेयर काम नहीं किया थोड़ा तो तो तो तो बहुत कैसा अच्छा लगातार तो क्या कहना चाहेंगे जो आपकी जैसा का काम सीखना चाहता है तो दुर्गेश में कोई नहीं बताएगा चलिए कर रहे तीन चार सालों अब ये बताइए तीन साल का एक्सपीरियंस हो रही है केवल चार दिन का एक्सपीरियंस बताइए चार दिन में सर बहुत बढ़िया है जो भी है चार दिन में बहुत अच्छा है। पहले पहले अच्छा क्योंकि तो पहले पहले हम मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप चार साल से कर रहे थे बट यहाँ पे जो एकदम फ्रेशर है क्या उनको ऐसा तो नहीं लगा कि टफ है बहुत ज्यादा सारा का सारा कम्प्लीट हो गया आप, ता, आप ता कैसा ऑलोवर बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया सीखने को कुछ नया मिला आपको चलिए थैंक यू सो अब मैं ऐसे सबसे तो नहीं पूछ सकता एक आपसे मैं पूछ सकता हूँ अपना नाम और कहा अच्छा, हाँ, तो से आप? मैं विशाल चौहान अकोला महाराष्ट्र अच्छा, आप ये बताइए आप फाइलों का नॉलेज हुआ सॉफ्टवेयर का नॉलेज हुआ दस फाइलों में से कौन सी फाइल ऑनलाइ सारा वे में आपको मिला की नहीं मिला ऑल ओवर आपका कैसा सर बहुत अच्छा है के जैसा तो एक मुझे जो कभी भी सॉफ्टवेयर का काम नहीं किया था तो आप ही बताई जो सीखा है हालांकि फ्रेशर तो सभी थे तो यहाँ पे सभी ने काम सीखा कि नहीं सीखा सभी ने काम सीखा है कि नहीं सीखा yes, तो एकदम प्रेसर स्टूडेंट को हम उठाते हैं तो कौन था आप ही बताइए कौन इतना है ने। चलिए तो ये आप पहले कभी भी सॉफ्टवेयर का काम किया था, था? नहीं, आपने नहीं सर। आपने खुद यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है यस yes, सर। uh, कैसा लग रहा है आपको सॉफ्टवेयर आपने सीखा की नहीं सीखा आपने जो भी बताया तो आप कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे तो जितने भी है, उनको अब देखिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको करना है इसमें प्रैक्टिस करना है मेरे भाई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पे छोटा सा थैंक यू अब मैं छोटा सा इनसे पूछना चाहूंगा बस लास्ट कि आप बताइए कि आप पहले कितने सालों से काम कर रहे थे काम कर रहे थे साल से दो चार साल से काम कर रहे थे आप तो आप ये बताइए चार साल का एक्सपीरियंस दिन का एक्सपीरियंस ये, ये चार दिन का एक्सपीरियंस इतना है कि मैं मैं कुछ कर नहीं सकता ये बहुत अच्छा नॉलेज मिल गया है चलिए थैंक यू सो मच अच्छा ये बताइए बाईपास का नया ट्रिक मिला की नहीं मिला ना, ना, ना, ना तो उसके लिए क्या करना होगा ऐसे ट्रिक जैसा की आप देख सकते हैं इसमें फ्लैशिंग हो चुकी है इसमें हमारा सब कुछ डन लिख दिया गया है ठीक है और हम इसको देखेंगे और फाइनली ऑन होता है कि नहीं होता तो इसको आप ऑन करिए निकालिए केवल को बैटरी लगाइए इसमें यू एस बी भी लगाना चाहिए पहले नॉर्मली ऑन करो देखो चार्ज है कि नहीं है पता चल जाएगा नहीं, नहीं।, नहीं होगा तो फिर हम चार्जिंग लगाएंगे ये देखिए जैसा कि हमारा सेट इन्होंने फ्लैशिंग करके डन कर दिया गया है ठीक है और क्या नाम है आपका मेरा नाम तरजीम खान है अच्छा कहाँ से आप यूपी बरेली यूपी बरेली तो ये आपको सॉफ्टवेयर किसने सिखाया मुझे दुर्गेश सर ने सिखाया। दुर्गेश सर ने। आज आज की क्लास में सिखाया पहले सिखाया नहीं, आज क्लास में मैंने बार करा है। तो कैसा रहा उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा रहा। अच्छा जब भी तुम्हारे समझ में आ गया एक ही बार में समझ में अच्छा मैंने कुछ बताया इसमें क्या खुद किए हो मैंने कुछ बताया की आप खुद किए नहीं मैं खुद करा खुद के हो ना चलो ठीक है